हम आपको आवर के मुक्तिधाम का वीडियो बता रहे हैं आवर राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के एक कस्बा है और इसमें गांव से एक किलोमीटर दूरी पर ये मुक्तिधाम स्थित है अब आप मुक्तिधाम को प्रवेश गेट में अंदर आकर के देख रहे हैं ये जो हरियाली है ये पेड़ पौधे हैं ये सब मुक्तिधाम की सुंदरता बढ़ा रहे हैं ये चारों तरफ की जो हरियाली है ये मुक्तिधाम की खास विशेषता है अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो आगे चद्दर का शेड है इस चद्दर के शेड के चारों तरफ जो कुर्सियाँ बेंचें लगी हुई हैं सीमेंट की बेंचें तो डॉक्टर दयाराम जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित होकर पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार दामोदर दामोदर पथरी चिकित्सालय शामगढ़ के द्वारा यहाँ बेंचें भेंट गई है ताकि लोगों को बैठने की सुविधा हो अब बेंचों का दृश्य आपको बता रहे हैं ये बेंचें दामोदर चिकित्सालय शामगढ़ के द्वारा भेंट की गई हैं ये आठ बेंचें हैं और इन बेंचों के अंदर सभी बेंचों के अंदर ये लाल और पीले रंग की बेंचें हैं दामोदर पथरी चिकित्सालय द्वारा भेंट की गई हैं पीले रंग की और लाल रंग की कुल मिलाकर के आठ बेंचें यहां प्रदान की गई हैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखो ये जो शेड है इस शेड के अंदर दामोदर पथरी चिकित्सालय डॉक्टर दया जी आलोक और अनिल कुमार राठौर का ना नेम प्लेट इसमें लगा हुआ है ये नेम प्लेट शामगढ़ के उसका ये वीडियो है ये हमारी नेम प्लेट है इस नेम प्लेट में सब बातों का वर्णन दिया गया है इक्कीस हजार रुपये की भेंट दी गई है इस प्रकार से हमने पूरे मुक्तिधाम को यहाँ प्रदर्शित किया है आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप वोट करें और इस पे अपनी टिप्पणी लिखें धन्यवाद आप देखो